एवरीवन मैं मैं चल रही है कंप्यूटर बेसिक कोर्स में प्रैक्टिकल क्लासेस में प्रोवाइड कर रहा हूँ उस क्रम में मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को नोटपैड की दी थी इसमें कम्प्लीट नोटपैड हमने आप लोगों को दो वीडियो में करके बताया हुआ था इट मीनस कंप्यूटर में जो प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं वो जीरो लेवल से चल रही हैं। कंप्यूटर है क्या कंप्यूटर को ओपन कैसे करते हैं कंप्यूटर पर हम वर्क कैसे करते हैं इट मीनस कंप्लीट डीपली सारी चीजें डिस्क्राइब करी हुई है सो लास्ट वीडियोस जो मेरी थी वो नोटपैड पर थी चाहे नोटपैड पार्ट वन एंड नोटपैड पार्ट टू और उस, उसी क्रम में मैं आज का वीडियो लेकर के आया हूं और आज का मेरा जो टॉपिक है एम एसपेंट आपको मैं बता दू की जो बेसिक में नोटपैड पेंट वर्ड पैड ये सब पढ़ाने का क्या मोटिव होता है नोट एक मोस्टली फाइल एडिटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसका फाइल एक्सटेंशन .txt होता है और इसमें हम मोस्टली टेक्स्ट एडिटिंग वर्क करते हैं टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा विंडो माना जाता है एक बेसिक विंडो है इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग वगैरह हम नहीं कर सकते बट टाइपिंग का वर्क हम इसमें अच्छे से कर लेते हैं और बेसिक में टाइपिंग वर्क करना तो मतलब की से आपको काम करना है यदि आप नोटपैड में अच्छे से टाइपिंग कर ले रहे हैं इट मीन्स आपको कीबोर्ड का अच्छे से ज्ञान हो जाता है उसी क्रम में हम लोग पेंट पढ़ाते हैं पेंट पढ़ाने का मेन मोटिव होता है पेंट एक ड्राइंग विंडो होता है जिसमें ड्राइंग वर्क किया जाता है और ड्राइंग कीबोर्ड से ना करके हम माउस से करते हैं और यदि हम ड्राॅइंग बना रहे हैं माउस से माउस के माध्यम से हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कोई ड्रॉइंग क्रिएट कर रहे हैं तो हमको माउस पे अच्छे से वर्क करना आ जाएगा माउस पर कमांड हो जाएगा और माउस और कीबोर्ड जो है वो एक बेसिक इनपुट डिवाइस है जिसके बिना आप कंप्यूटर को हैंडल नहीं कर सकते सो इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना जरूरी है तो इसीलिए नोटपैड और पेन पर हम प्रशर डालते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं वैसे पेंट वगैरह में हम ड्राइंग का वर्क कर सकते हैं हम फोटोज को स्कैन करके उसको कट वगैरह करके हम नॉर्मल सी फोटो भी बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि पेंट का कोई यूज ही नहीं है इसमें हम ड्राइंग वगैरह कर लेते हैं सो so, बेसिक में अगर आपको ड्राॅइंग करना है कोई भी नॉर्मल वर्क करना है फोटो इत्यादि से रिलेटेड तो पेंट में आप आसानी से कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपसे पीछे भी बताया हुआ है कि इसमें मेरे इस चैनल पर आपको जितनी भी वीडियो मिलेंगी वो स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी यदि किसी भी कोर्स के अंतर्गत हम उसको ले रहे हैं तो जैसे ये बेसिक कोर्सेज में प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं इसके पहले हमारे बेसिक कोर्सेज में मैंने जीरो लेवल से हिस्ट्री से लेकर के कंप्यूटर में थेटिकल क्लासेस प्रोवाइड कराई हुई है अब मेरी ये प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं हैं जो step step जो स्टेप स्टेप बाय चलेंगी के लिए काफी रखती यदि आपको कंप्यूटर में कोई भी ज्ञान नहीं है और आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है और इस पर आपको वीडियो जो मिल रही हैं स्टेप बाई स्टेप और डीपली मिल रही है जैसे किसी इंस्टीट्यूट में आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर में आप बैठ के पढ़ेंगे उस तरीके की आपको पढ़ाई यहाँ मिल रही है आप लोग को ये मालूम है यदि नहीं है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द कॉलेज ऑफ आईटी के नाम से और ये यूपी के कई जिलों में चलता है मैं फर्सली यूपी से बिलोंग करता हूँ यूपी में अयोध्या एक बहुत ही पॉपुलर सिटी है भगवान राम की जन्मस्थली है यही मेरा डिस्ट्रिक्ट है जहा हमारा कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द कॉलेज ऑफ आई का हेड ऑफिस है और यहां से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारी कई सारी शाखाएं चलती हैं वैसे हमारा होम डिस्ट्रिक्ट बस्ती डिस्ट्रिक्ट है और हमारी शाखाए कई सारे डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई हैं और कई सारे ब्रांचेस चल रही हैं और हमारी संस्था यूपी में सेवनटीन ईयर से रन कर रहा है सो so, यदि आपको कोई भी ऑफलाइन क्लासेस की आवश्यकता है तो आप अपने नियरेस्ट आकर के क्लासेस कर सकते हैं कॉन्टेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है मेल है वहां से आप हमको सूचित कर सकते हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यदि आपको फ्री ऑफ कास्ट में कंप्यूटर का कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रहें मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और यहां अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है नॉलेजबल लग रही हैं तो आप उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें सो so, आज का जो मेरा टॉपिक है एमएस पेंट मैं आपको एमएस पेंट के बारे में आज डीपली बताऊंगा तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पेंट को हम डीपली पढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले एक बार मैं जरूर कहूंगा आपसे कि यदि आप ये, ये चैनल आपके लिए नॉलेजबल चैनल आपको लग रहा है आपको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लें तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पेंट को डीपली जीरो लेवल से समझते हैं हाय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज का मेरा जो टॉपिक है एमएसपेंट एम एस पेंट हम क्यों कहते हैं बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत पेंट एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं सो so, इसके नाते से हम इसको एमएस पेंट कह सकते हैं अब हम पेंट को जीरो लेवल से आपको बताएंगे पेंट ओपन कहां से होता है पेंट जो एप्लीकेशन एक पिक्चर एप्लीकेशन है जिसमें हम ड्राइंग का वर्क करते हैं इसे विटमैप इमेज भी कहा जाता है तो उसको हम कैसे ओपन करते हैं उसका फाइल नेम क्या है एक्सटेंसन क्या है उसके पार्ट ऑफ विंडो क्या है ये सारी चीज़ों को हम डीपली समझते हैं पिछली क्लासेज मेरी जो नोट पैड थी प्रैक्टिकल क्लासेस जिसने भी ना देखा हो उसे देख लेंगे तो आपको खासा मदद मिलेगी कंप्यूटर को जीरो लेवल से पढ़ने में और समझने में तो चलिए पेंट को ओपन करके देखते हैं हम यहाँ स्टार्ट बटन पे जाएंगे जिसे विंडो बटन भी कहा जाता है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और ये आपके जो प्रोग्राम की लिस्ट आ गई आल प्रोग्राम्स की लिस्ट आ गई कुछ इसमें मोस्ट रिसेंट जिसको हमने यूज़ किया हुआ है वह एप्लीकेशन यहाँ दिख रहे हैं हम स्क्रॉल बार में जो एलिवेटर है उसको ड्रैग करते हुए नीचे आ जाएंगे हम कीबोर्ड के द्वारा एरो कीज के माध्यम से भी आ सकते थे बट हमने एलिवेटर को ड्रैग किया और यहाँ हम आ गए विंडोज एक्सेसरीज पर यहाँ हम क्लिक करेंगे इसमें आप देखें एक पॉइंट बना हुआ है ट्रेंगल पॉइंट है इस पर हम क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉपडाउन लिस्ट आती है जिसमें पेंट है नोट आप पढ़ चुके हैं अब हम देखते हैं पेंट को यहाँ पर हम ओपन करते हैं क्लिक किया पेंट एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने ओपन होकर के आ गया अगर हम एक्सेसरीज से जा करके ओपन नहीं करना चाहते हैं या हमें एक्सेसरीज नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ स्टार्ट बटन के राइट right साइड में जिसे हम विंडो की कहते हैं उसके राइट right साइड में एक सर्च का आपको पॉइंट दिख रहा है सर्च पॉइंट दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ सर्च करने के लिए आ जाता है और यहाँ अगर आपने पेंट लिख दिया तो पेंट एप्लीकेशन या कोई भी ए टू जेड कोई भी एप्लीकेशन आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड वो सर्च करके आपको दे देता और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं तो ओपन करना आपने जाना माइक्रोसॉफ्ट का विंडो 10 हम यूज कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम पेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे थोड़ा सा अगर कोई पुराना वर्जन पड़ रहा है या एडवांस में 11 वगैरह पड़ रहा है तो थोड़े बहुत चेंजेस मिल सकते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझते हैं आप देख पा रहे हैं पेंट का एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होकर के आ गया है पेंट जो हम एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम विट मैप इमेज कहते हैं विट मैप इमेज और इसका फाइल एक्सटेंशन है जो फ़ाइल की पहचान के लिए होता है डॉट बी हालांकि इसमें डॉट बी में भी फाइलें सेव होती हैं डॉट पी में भी सेव होती हैं डॉट जे में भी होती हैं है, जिप में भी होती हैं कई सारे फॉर्मेट में फाइलों को हम सेव करते हैं पेंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट बी होता है और इसका फाइल नेम विट मैप इमेज होता है अब हम देखेंगे सबसे ऊपर जो पट्टी है जिसे हम टाइटल बार कहते हैं हमने नोट में भी आपको डीपली बताया हुआ था कि टाइटल बार इसे हम क्यों कहते हैं बिकॉज जो भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं उसका शीर्षक यहाँ प्रजेंट होता है इसलिए इसको हम टाइटल बार कहते हैं टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर पर कंट्रोल मीनूबॉक्स या उस एप्लीकेशन का आइकन होता है जिस एप्लीकेशन को हम यूज कर रहे होते हैं आप देखें यहाँ एक पेंट का सिंबल बना हुआ आइकन बना हुआ अगर इस आइकन पर हम क्लिक करते हैं तो एक डाउन लिस्ट आ जाती है एक छोटी सी लिस्ट आ जाती है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा हम अपने पेंट एप्लीकेशन पर कमांड कर सकते हैं इट मीन्स इससे हम कंट्रोलिंग का वर्क करते हैं इसलिए इसको हम कंट्रोल मीनू बॉक्स भी कह सकते हैं आप देख पा रहे इसमें कुछ सिक्स ऑप्शनस हैं restore, move, size, minimize, maximize and close। जिसमें से कुछ ही चीजें highlight है because अभी हम maximize position में है तो इसको हम restore कर सकते हैं यहां click करेंगे ये काम हम alt space bar के माध्यम से भी कर सकते हैं हम यहां से move करना चाहें तो हम keyboards बोर्ड के माध्यम से मूवमेंट कर सकते हैं हम एंटर करके उसको सेट कर लेंगे अल्ट स्पेस बार करके हम फिर से ले आएंगे रिसाइजिंग अगर हम करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बहुत ही डीपली बताया हुआ है तो जिसे नॉलेज ना हो वहाँ से जा करके चेक कर ले हम मैक्सिमाइज करके आ जाते हैं तो जो टाइटल बार होता है उसके लेफ्ट कॉर्नर पे कंट्रोल मेनू बॉक्स या उस एप्लीकेशन का आइकन होता है जिस एप्लीकेशन को हम यूज कर रहे होते हैं जस्ट बगल में आप देख पा रहे हैं अंडू रेडू सेव एंड ओपन एक कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसे हम क्विक एक्सेस टूल बार भी कहते हैं जो कि आपके टाइटल बार पर वो सो so हो रहा है जबकि इसकी एग्जैक्ट पोजीशनिंग जो है वो रिबन के ऊपर है आव द रिबन एंड वेलो द रिबन यहां से अगर हम राइट right क्लिक करें सो क्विक एक्सेस टूल बार वेलो द रिबन कर लेंगे तो नीचे आ जाएगा इस तरह से हम इसको ऊपर नीचे सेटअप कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं टाइटल बार पे जो एप्लीकेशन ओपन है पेंट एप्लीकेशन हमने ओपन कर रखा है उसका आइकन एंड पेंट एप्लीकेशन का नेम आ रहा है अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है अनटाइटल्ड मतलब इसमें आपने कोई भी टाइटल नहीं दिया है मतलब अपने इस पिक्चर फाइल का कोई भी नाम आपने नहीं दिया हुआ है तो लेफ्ट कॉर्नर पे आपका जो भी एप्लीकेशन ओपन है उसका आइकन एंड डॉक्यूमेंट नेम एंड राइट कॉर्नर पर मिनिमाइज मैक्समाइज और रिस्टोर एंड क्लोज ये तीन ऑप्शन होते हैं जिसे कंट्रोल टूल्स कहते हैं इसके द्वारा हम कंप्लीट कंट्रोलिंग कर सकते हैं अपने विंडो का जिसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं मैक्समाइज कर सकते हैं रिस्टोर कर सकते हैं एंड क्लोज भी कर सकते हैं यदि करना चाहते हैं तो शायद तो आपके समझ में आया होगा इसे हम टाइटल बार कहते हैं अगर हम यहीं क्लिक करें राइट right क्लिक और क्विक एक्सेस टूल बार को अब अब द रिबन कर दें तो जो कि अभी आपको वेलो में दिख रहा हम अब अब करेंगे फिर आपके टाइटल बार पे इसकी पोजिशनिंग हो जाएगी जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं जहां पर फाइल होम व्यू एंड लास्ट में आपको एक हेल्प का सिंबल मिल रहा है इस पट्टिका को हम मैन्यू बार बोलते हैं यह मैन्यू बार है इसके अंतर्गत ही सारे ऑप्शंस होते हैं सारे फीचर्स होते हैं पेंट के या जिस भी एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं मैन्यूबार के अंतर्गत ही सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं उस एप्लीकेशन के जिसमें से आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में फाइल है और लास्ट में हेल्प है हेल्प आपका सिंबॉलिक है फाइल होम व्यू एंड हेल्प यह आपका मैन्यू बार है और मैन्यूबार के जो ऑप्शंस हैं जैसे होम पर यहाँ सिलेक्शन है और होम के ऑप्शंस यहाँ सिंबॉलिक तरीके से दिख रहे हैं तो इस पट्टी को हम रिबन कहते हैं रिबन चौड़ाइस की थोड़ी सी ज्यादा होती है इसलिए आप इसको रिबन कह सकते हैं इसे रेबन कहा जाएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहां से कंट्रोल F1 करेंगे तो आपका जो रेबन है वो मेनिमाइज हो जाएगा एंड या हाइड हो जाएगा अगर हम कंट्रोल F1 फिर से करते हैं तो ये शो हो जाएगा आप देखें यहाँ लिखा है मिनिमाइज द रिबन यहीं क्लिक करेंगे तो रेबन आपका मिनिमाइज हो जाएगा इसे हम बार ना कह के इसे हम रिबन बोलते हैं रिबन मतलब होता है फीता। जिसकी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा होती है पट्टी से इसलिए इसको हम रिबन कहते हैं और इसमें जो मेनू आप मेनू है मेनू के जो ऑप्शंस हैं वो सिंबल्स में शो होते हैं और आप ध्यान दे रहे होंगे ये जो रिबन अवेलेबल है उसमें एक, एक हल्की लाइन दे करके अलग अलग टैब को डिवाइड किया गया हुआ है जैसे क्लिप टैब है इमेज टैब है टूल्स टैब है सेफ्स टैब है आपका कलर्स टैब है इस तरह से अलग अलग टैब में उसको डिवाइड किया गया हुआ है हम एक एक को आश पढ़ेंगे अभी हम पार्ट ऑफ विंडो समझ रहे हैं जैसा कि आपने देखा सबसे ऊपर टाइटल बार है क्विक एक्सेस टूल बार है क्विक जस्ट नीचे आपने देखा मेन्यू बार और मेन्यू बार्स में मेन्यू के जो ऑप्शंस हैं, सिंबल्स में जहां आपको मिल रहे हैं उसे हम रेबन कहते हैं नीचे आएंगे तो ये आपका हॉरिजेंटल रूलर है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये वर्टिकल रूलर है जो इंडिकेट करता है कि आपका जो कर्सर है वो कितने पिक्सल्स और कितने जो भी हम यूनिट चुन के रखते हैं चाहे वो इंचज़ हो पिक्सल्स हो एम mm एम हो कुछ भी जो भी यूनिट हम यहाँ चुन के रखते हैं रूलर उसी यूनिट को सो करता है और जब हम कर्सर को मूव करते हैं वर्क एरिया पर तो वहाँ एक रेड लाइन के माध्यम से वर्टिकली एंड हॉर्जेंटली आपको ये सो करता रहता है आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर की जो लाइनिंग है इधर भी आपको ये रेड कलर की लाइनिंग मिल रही है जब हम कर्सर को मूव करते हैं तो ये वहां कहाँ मूवमेंट है कितने पिक्सेल्स पर या कितने एम पर या कितने इंचेस पर हम अवेलेबल हैं वो शो करता रहता है और नीचे स्टेटस बार पर यहां मैं कर्स आपको पॉइंटर के माध्यम से बताता हूं यहां जो कर्सर पॉइंट बना इसके बगल में भी आप देखिएगा तो यहां आपको कितने पिक्सल्स पर मूव हो रहा है वो शो कर रहा है और जिस पट्टी पर यह शो हो रहा है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं तो आपने देखा ये आपका हॉर्जेंटल रूलर है और ये आपका वर्टिकल रूलर है और ये आपका वर्क एरिया है या पिक्चर फाइल है जिस पर हमको पिक्चर क्रिएट करनी है या ऑब्जेक्ट बनाना है या ग्रेफिक्स या ड्राइंग करनी है तो ये पिक्चर फाइल है आपकी यहाँ हम पिक्चर क्रिएट करने का वर्क करते हैं राइट right साइड में आप देखेंगे ये स्क्रॉल बार है इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं यहाँ आप देखें तो ये एलिवेटर है जिसे हम एलिवेट कर सकते हैं जो हिडन आपके ड्राॅइंग्स हैं या पिक्चर्स हैं उसको हम देख सकते हैं डाउन में आप देखेंगे ये आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है जिसमें ये एलिवेटर है इसको हम मूव कर रहे हैं अभी आपके पेज पर आपके फाइल पर जो वर्केरिया है उस पर हमने कोई भी ड्राइंग नहीं की हुई है और हमारा कोई भी ड्राइंग छिपा नहीं हुआ है इसलिए आपका जो ये एलिवेटर है कम्प्लीट स्क्रॉल बार पर शो हो रहा है जैसे जैसे हिडन होता जाएगा या जूमिंग हम बढ़ाएंगे तो ये एलिवेटर छोटा होता जाएगा और मूवमेंट करके दिखाएगा डाउन में आप देख पा रहे हैं जैसा कि भी मैंने बताया ये स्टेटस बार है जहां पर आपको पेज की साइज वगैरह पता चल रही है और राइट right साइड में आपको जूम शो कर रहा है जहां जूम एट हंड्रेड होता है आप देखेंगे यहां से जूम इंडिकेटर को हम पकड़ेंगे और मैक्सिमाइज की तरफ ले जाएंगे तो यहां पर यूनिट शो हो रही है एट परसेंट ये मैक्सिमम जूम होता है यहाँ पर और अगर इसको हम मिनिमम की तरफ लाएंगे तो 12.5 पॉइंट परसेंट यह आपका मिनिमम जूम है जो कि हम यहां से बढ़ा सकते हैं नॉर्मल साइज़ आपका 100 होता है, और सबसे नीचे टास्क वार होता है जो आपको मेन विंडो से ही अवेलेबल मिलता है जिसे आप डेस्कटॉप कहते हैं वहां पर से ही आपको टास्क वार मिलता है किसी भी टास्क पर जाना है या हम मल्टी कर रहे हैं तो हमारा बार ही धीरे धीरे बताएंगे बट हम चलेंगे सिस्टमेटिक ढंग से ही तो अभी हम क्या करते हैं ऐसे ही कुछ हम ड्रॉइंग यहां क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमारा जो पिक्चर फाइल है वो ब्लैंक ना नारे जिसे आप पेज भी कहते हैं बट यहां हम पिक्चर फाइल उसको कह सकते हैं इस फाइल में हम पिक्चर्स क्रिएट करते हैं या ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो फाइल में हम आएंगे और फाइल पर क्लिक करते हैं तो हमें एक ड्रॉपडाउन लिस्ट आती है उस ड्रापडाउन लिस्ट में आप देखें न्यू ओपन सेव सेबेज प्रिंट फ्रॉम स्कैनर ऑफ कैमरा सेंड इन ईमेल सेट एज डेक्स्कटॉप बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज अबाउट पेंट एंड एक्सिट ये ऑप्शन आपको मिल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझेंगे हमने पिछली क्लासेस में नोटपैड में भी मिले थे फाइल में जिसमें हमने आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई हुई थी उसी तरीके से यहाँ भी है उसको भी हम समझेंगे साइड में आप देख पा रहे हैं रिसेंट पिक्चर्स रिसेंट पिक्चर्स का मतलब क्या है यदि आपने कुछ भी बना करके सेव किया हुआ लेटेस्ट तो वो यहाँ पर शो कर जाएगा बट अभी ऐसा कुछ है नहीं सो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है. न्यू आप देखें न्यू पर हम आते हैं जैसे ही आपको लिखा हुआ मिल रहा है न्यू कंट्रोल प्लस एन ये इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है जहां से हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं नीचे लिखा है क्रिएट अ न्यू पिक्चर यहां से हम एक नई पिक्चर ला सकते हैं इट मींस यहां पर जो हमने पिक्चर बनाई हुई है या हमने कोई भी सेप क्रिएट किया हुआ है इस सेप को हम हटाना चाहते हैं हम एक नई फाइल लेना चाहते हैं नई पिक्चर फाइल लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर न्यू कर देते हैं और ये जो हमने सेप बनाया हुआ है क्रिएट किया हुआ है इसको हमने सेव नहीं किया है तो ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू सेव चेंज टू अन क्या जो विदा टाइटल का मैटर है इसमें आपने कोई भी टाइटल नहीं दिया हुआ है इस फाइल को आपने कोई फाइल नेम नहीं दिया हुआ है उसको आप सेव चेंज करना चाहते हैं यदि सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पर क्लिक करें नहीं करना चाहते हैं बंद करना चाहते हैं तो डोंट सेव कर दें और अगर आपको इस पर वर्क करना है तो आप कैंसिल कर दें अभी हम इसको क्या करते हैं डोंट सेव और हमारे सामने एक ब्लैंक पिक्चर फाइल आ गई तो न्यूज से हम एक नई फाइल लाते हैं ओपन से हम क्या करते हैं जो एग्जिटिंग फाइलें हैं या जो पिक्चर्स हमने बना करके सेव कर रखी हैं उसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं जब हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग ओपन होकर के आएगा कोई आदर्श नाम से एक फाइल बनाया हुआ है इस पर हम ओपन करते हैं यहाँ आते हैं देख रहे हैं आप कुछ कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं तो आपके सामने प्रेजेंट है तो इस तरह से हम ओपन करके अब आप देखें यहाँ टाइटल्ड ना सो करके आदर्श नेम सो कर रहा है इट मींस को टाइटल मिल गया है ये फाइल जो है ये पिक्चर फाइल आदर्श नाम से है तो इस तरह से हम कोई भी सेव्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं रीसेंट्स पिक्चर में जो लेटेस्ट हमने अभी ओपन किया है वो फाइल यहां पर दिख रही है फिर हम न्यू कर देते हैं चूंकि फाइल पहले से सेव है तो न्यू करने पर यह सेव करने के लिए नहीं मांगेगा नीचे हम आ जाते हैं सेव अगर हमने कुछ भी बनाया हुआ है कोई भी यहाँ पर पिक्चर क्रिएट की है और अब हम इसको सेव करना चाहेंगे तो फाइल पर जाएंगे और सेव ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस यहाँ क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग आ जाएगा एक डॉक्यूमेंट विंडो आ जाएगी जिसमें आपसे पूछ रहा है कि फाइल नेम आप क्या देना चाह रहे हैं और जो सेव टाइप है वो भी आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से जा के आप कोई भी टाइप चेंज कर सकते हैं हम बिट मैप फॉर्मेट में ही इसको लेना चाहते हैं हम यहाँ 24 फोर बिट पिट मैप को सेलेक्ट करते हैं अगर हम करना चाहें तो नहीं हम पीएनजी में भी सेव कर सकते थे और हम यहाँ से एक टाइटल नेम डाल देते हैं हमने यहाँ लिख दिया केसीआई, केसीआई आई टेली स्पेशलिस्ट मेरा चैनल है और केसीआई से कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है सो so, मैंने यहाँ के फाइल नेम दे दिया दे। और हम यहाँ इस पर सेव पर क्लिक करेंगे और आपकी फाइल के नाम से सेव हो जाएगी आपका ये पिक्चर आप देखें दिस पीसी पिक्चर्स में जाएगा ये सेव हो जाएगा यहाँ से अब आप देखें टाइटल में के सी लिख कर के आ गया इट मीन्स मेरे पिक्चर फाइल का नाम के हो गया अब हम क्या करते हैं यहाँ से न्यू कर लेते हैं फिर हम आपको ओपन करके दिखाते हैं या हम रिसेंट से ओपन कर सकते हैं बट हम यहाँ ओपन पे चले जाते हैं और यहाँ से आप सर्च करेंगे आप डायरेक्ट फाइल नेम भी दे देंगे तो मिल जाएगा नहीं तो हम नीचे आ के सी आई देखें यहाँ पर के लिखा हुआ है और इसको हम ओपन करेंगे तो केसीआई में जो हमने पिक्चर फाइल सेव करी थी वो आपकी यहाँ प्रेजेंट हो गई तो इस तरह से आप फाइल को सेव कर सकते हैं अगर इसी फाइल को हम किसी अदर नेम से सेव करना चाहते हैं या अदर एक्सटेंशन में सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एस पर करेंगे दोबारा सेव करना चाहते हैं तो आप देखें अभी तक मैंने विटमेप फॉर्मेट में किया था अगर हम वेब पर फाइल को भेजना चाहते हैं या वेब फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो हम PNG एन पिक्चर्स में कर सकते हैं JPG पी पिक्चर्स में कर सकते हैं GIF पिक्चर में कर सकते हैं तो यहाँ से हम कुछ भी जैसे हम PNG करना चाहते हैं तो हम PNG एन ले लें और फाइल को यहाँ के सी कर देते हैं हम और इसको हम सेव कर देते हैं आप देखें टाइटल चेंज हो गया हमारा जो फाइल था के सी के नेम से दोबारा सेव हो गया और इसका एक्सटेंसन भी चेंज हो गया है सेब एच के माध्यम से अगला ऑप्शन है प्रिंट आपने देखा कि प्रिंट पर आते ही कई सारे ऑप्शन हमारे सामने आ गए जिसमें पहला प्रिंट है दूसरा पेज सेटअप है तीसरा प्रीव्यू है यदि हमें ये क्लाउड प्रिंट करना है जो क्लाउड सेप मैंने बनाया हुआ है तो हम सबसे पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा क्लाउड कहाँ आ रहा है अभी हमारा जो ओरिएंटेशन है ओरिएंटेशन मतलब जो पेज का व्यू है वो आपका विट्थ वाइज है जिसको हम लैंडस्केप बोलते हैं पैट्रिएट में टाल वाइज होता है जिसमें हाइट ज़्यादा होती है और विट्थ तो कम होता है और लैंडस्केप स्टाइल में विट्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होता है यहाँ से हम चाहें तो यहीं से पेज की सेटिंग करके यहीं से प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से जूमिंग बढ़ा सकते हैं जूम को कम कर सकते हैं यदि हमारे पास कई सारे पेजेस हैं तो हम प्रीवियस पेज नेक्स्ट पेज जा सकते हैं और अगर हम चाहें तो प्रिव्यू को यहीं से क्लोज भी कर सकते हैं अब हम देखेंगे यदि हमें पेज सेटअप करना है तो हम यहां से पेज की सेटिंग करते हैं यहां हम देख लेंगे यहां पर प्रिव्यू शो हो, हो रहा है आपका जो भी इमेज है उसको यहां से इंडिकेट किया जा रहा है पेज का जो साइज है वो लेटर साइज लगा हुआ है हम चाहे तो पेज साइज यहां से चेंज कर सकते हैं ए साइज भी हम कर सकते हैं या लेटर साइज जो डिफ़ॉल्ट साइज है लेटर साइज है आप देख रहे हैं डिफॉल्ट्रे लिखा है मतलब जो भी ड्राइवर है आपके प्रिंटर का वो यहाँ पर डिफॉल्ट लगा हुआ है ओरियंटेशन में पोर्ट्रिएट करेंगे तो हाइट ज्यादा हो जाएगी व्रर्थ कम हो जाएगा और लैंडस्केप करेंगे तो वृथ ज्यादा हो जाएगी हाइट कम हो जाएगा तो जैसा आपका पिक्चर हो उस हिसाब से आप अपने पेज का ओरिएटेशन सेट कर लेंगे यहां पर आपको मार्जिन शो कर रहा है लेफ्ट मार्जिन मार्जिन मतलब जो आपका स्पेस छोड़ा जाता है चारों तरफ जिससे आपकी कोई भी पिक्चर कटे नहीं और आपकी पिक्चर जैसे अगर पेपर हम लगा रहे हैं प्रिंटर में यदि पेपर थोड़ा सा टेढ़ा भी है तो भी आपका मैटर क्लियरली प्रिंट होकर के आ जाए तो यहां पर हम मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हैं तो आप देख पा रहे हैं मार्जिन जो इंचेस में है उसको हमने लेफ्ट में 0.75 करा है टॉप में 1 कर दिया है राइट right में 0.75 किया और बॉटम में भी 0.75 किया है यह अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको करना है उस तरह से आप कर सकते हैं सेंटरिंग में देखिए यदि हमारा जो पिक्चर है वो हमारे पेज पर पे नहीं आ रहा है किसी कारण तो यहां से उसकी सेंटरिंग हम हॉर्जेंटली एंड वर्टिकली कर सकते हैं अगर हम हॉर्जेंटल से देखें तो हॉर्जेंटल से इसका सो ही कर रहा है वर्टिकली करेंगे तो बीच में वर्टिकल फॉर्मेट में दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं इधर भी स्पेस छूट गया और इधर भी तो वर्टिकली एंड हॉर्जेंटली सेट हो गया है अगर यहां फिट में अगर हम एडजस्ट करते हैं देखिए एडजस्ट पर क्लिक करें हंड्रेड नॉर्मल साइज में रखेंगे तो आपका जो मैटर है वो कट रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं फिट पर आते हैं अभी देखिए फिट पर भी आने के बाद ये कट रहा है बिकॉज 2 बाई वन लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं 1 बाई वन कर देंगे तो पूरा मैटर आपको सो कर जाएगा और हम यहां से वर्टिकली हटा देते हैं हॉर्जेंटली भी चाहे तो हटा दें, देख हमने फिट कर रखा है और इसे हम पोइट्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से हम ओके कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा पेज सेटअप अब।, अब हम चाहे तो इसको प्रिंट निकाल सकते हैं यदि हम प्रिंट पर क्लिक कर दें तो मैटर हमारा प्रिंट हो जाएगा ये देखिए प्रिंट के लिए आ गया और सेंड टू वन नोट टू क्यों लिखा है क्योंकि यदि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं लगा हुआ है और यदि आप एम एस ऑफिस यूज़ करते हैं तो उसके साथ वन नोट आपका माइक्रोसॉफ्ट वन नोट एक एप्लीकेशन आता है जो प्रिंटिंग के लिए होता है जो उसका ड्राइवर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड हो जाता है जिससे आपका कोई भी पेज सेटअप करने में या कोई भी प्रिंट के ऑप्शन को करने में असुविधा नहीं होती है वो उसको कम्प्लीटली ड्राइवर अवेलेबल हो जाता है तो यहां से हम जितने भी पेजेस हमको लेने हैं हम पेज रेंज सेट कर सकते हैं प्रीफ्रेंस में जाकर के इसकी सेटिंग वगैरह को हम चेक कर सकते हैं प्रिंटर नहीं मिल रहा है तो प्रिंटर फाइंड करना यहाँ से कर सकते हैं जितनी कॉपीज निकालनी है, यहां पर जाते हैं बढ़ा लेते हैं इसको गटा बढ़ा करके हम कर लेते हैं और यहाँ से प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो मैटर प्रिंट हो जाएगा बट हमें प्रिंटर लगा नहीं है तो हमें प्रिंट नहीं करना हम यहाँ से कंसल करके आ जाते हैं शायद प्रिंट आपके समझ में आया होगा आगे आप देखें लिखा है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा अगर हमें कोई भी ड्राइंग या कोई भी पिक्चर या कोई भी फ़ोटो हमें स्कैनर और कैमरे से लेना है नॉर्मली हमें फ़ोटो कट करके बनाना है यदि हमें और कोई एप्लीकेशन नहीं मालूम है हमें पेंट ही केवल आता है तो हम पेंट से नॉर्मल वर्क कर सकते हैं फोटो वगैरह थोड़ा बहुत हम वर्क कर सकते हैं बिकॉज इसमें क्रॉपिंग वगैरह करने का ऑप्शन है तो हम क्या करते हैं यहाँ अगर हम कैमरा या स्कैनर लगाते हैं तो फ्रॉम स्कैनर और कैमरा हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ से हम उसको ले सकते हैं यहाँ आप देख पा रहे हैं सेंड इन ईमेल यदि ये इमेज आपको या एक पिक्चर आपको सेंड करना है मेल भेजना है सर्वर पे तो हम यहाँ से मेल कर सकते हैं अभी हम ऑफलाइन है इसलिए हम यहाँ से मेल करके आपको नहीं दिखा सकते अगला ऑप्शन है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड यदि ये आपका जो इमेज आपने बनाया हुआ है या जो पिक्चर आपने क्रिएट किया जो शेप्स आपने लिया हुआ है वो आप अगर आप चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड पर आ जाए तो यहाँ से आप कर सकते हैं फिल कर देंगे तो आपका सो हो जाएगा स्ट्रेच फॉर्मेट में अगर आप टाइल करेंगे तो ये छोटी सी में छोटे छोटे फॉर्मेट में आने लगेगी और अगर आप सेंटर कर देंगे तो बीच में आ जाएगा तो हम फिल करके देख लेते हैं और यहां पर हम मिनिमाइज करते हैं तो आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पर आपके फिल होकर के आ गया हम फिर से चलते हैं पेंट में और इसी को हम क्या करते हैं यहां से अगर हम टाइल कर देते हैं तो फिर आप देखेंगे कैसे हो जाएगा मिनिमाइज करेंगे देखिए एक से ज्यादा इमेज आपको दिखने लगी हम फिर बैक करके पेंट पर चले आते हैं और फिर हम यहां से देखते हैं सेंटर करके तो बीच में आपको मिलेगा मतलब आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के बीच में मिलेगा हम यहां से जाते हैं बैक करके पेंट में तो इस तरह से अपने द्वारा बनाई गई पिक्चर को या ऑब्जेक्ट को हम अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर सेट कर सकते हैं अगला है प्रोपर्टीज़ तो प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे पेंट से हम की प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं मतलब जो हमारा पिक्चर फाइल है जो इसकी साइज़ है पेज की उसको हम इंचेस में पिक्सल्स में सेंटीमीटर्स में हम कर सकते हैं यहाँ तक कि अपने हम इस कलर बॉक्स वगैरह को हम ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं कलर में है और पेज का हाइट विट ये सब हम सेट कर सकते हैं तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट करके ओके okay करते हैं आप देखेंगे आपको ये ब्लैक एंड वाइट हो करके आ गया कुछ इफेक्ट्स फॉर्मेट भी आ गए जिससे आप वो इफेक्ट इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं हम क्या करते हैं फिर से हम यहाँ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं और यहां से इसको हम कलर करेंगे आप देखेंगे कि जो आपका कलर बॉक्स है वो तो कलर में हो जाएगा बट आपका जो इमेज है वो कलर में नहीं होगा अब इसमें हमको कलर भरना है तो हम धीरे धीरे करके कलर फिल कर सकते हैं इसको हम जूमिंग कर ले और हम इसमें अच्छी सी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं आगे हम देखते हैं About पेंट यहाँ से हमको पेंट के बारे में जानकारी मिलेगी कि जो पेंट हम use कर रहे हैं मैंने अभी आपसे कहा था कि हम MS एस पेंट आज आपको पढ़ाएंगे एमएस पेंट हमने इसलिए कहा था बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ टेन वो माइक्रोसॉफ़्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके अंतर्गत आप पेंट को यूज़ कर रहे हैं सो उसका कम्प्लीट डिटेल आपके सामने प्रजेंट हो जाएगा लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर है एग्जिट एग्जिट करेंगे तो हम पेंट एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे तो आज हम यहीं आपका फिनिश भी करेंगे इस पार्ट में मेरे फाइल का पूरा डिटेल आपको मिला नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे इसके कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आपको तो इसको आप लाइक कर दें अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक न किया हो तो अभी जरूर कर लें तो यहाँ से हम एक्सिट कर बाहर आ जाते हैं यहाँ से हम सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव कर देंगे और हम आप देख पा रहे हैं बाहर आ गए तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त हम कर रहे हैं नेक्स्ट डे हम आपका पार्ट टू लेकर के आएंगे पेंट में आगे हम जानकारी आपको देंगे सो so, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद